सब्सक्राइब कीजिए वीडियो श्रियांस चैनल को और बेल बेलाइकन को दबाइए लेटेस्ट टिप एंड ब्लॉक्स वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों कोरोना वायरस हम सभी के लिए कितना ख़तरनाक है ये तो आप खुद ही जान गए होंगे इस कोरोना वायरस के चलते हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं कि आखिर हम कैसे करोना वायरस को कंट्रोल कर पाएँ नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं वीडियो श्रेंस दोस्तों हमारे गवर्नमेंट ने नई ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम तो है आरोग्य सेतु तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखते रहिए आज जानेंगे इसी एप्स के बारे में इसमें क्या क्या फीचर्स है और ये कैसे काम करता है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये इंपोर्टेंट जानकारी पहुँच पाए तो हम बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप्स की तो अभी कुछ दिन पहले भी कोरोना कबच बोल के ऐप्स मिला था गवर्नमेंट की तरफ से तो दोस्तों कोरोना कबच ऐप्स की हाइब्रिड वर्जन है ये और ये ऐप्स सिंपल डिज़ाइन और सिंपल इंटरफेस के साथ है तो ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप्स बहुत आसान से यूज कर सकते हैं और दोस्तों ये एप्स दो प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है आईफोन और एंड्रॉयड के लिए बात करूँ इसकी फीचर्स की तो इसमें ग्यारह अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज दिया है आपको जो लैंग्वेज पता है उसी के हिसाब से आप चूज कर लेना तो मैं अभी कर लेता हूं इसको अभी हिंदी और इसको नंबर देके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इसमें देखिए मोबाइल लोकेशन ब्लूटूथ डाटा शेयरिंग इसमें तीन एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है और इसमें आप जान सकते हैं जीपीएस के माध्यम से और ब्लूटूथ के माध्यम से आपके पास मतलब कौन करोना पीड़ित मरीज है इसमें आप जान सकते हैं ट्रेस कर सकते हैं ट्रेक भी कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकते हैं ट्रेक कर सकते हैं आपको ये मैसेज की ज़रिए अलर्ट करता रहेगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इसको आगे प्रोसीजर करता हूँ अलाउ करता हूँ उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देने के लिए बोल रहा है मैं मेरा मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ अभी उसके बाद सबमिट में क्लिक करता हूँ देखिए अभी ओ टी पी ओटीपी आने के बाद ओटीपी आने के बाद मैं ये ओटीपी को आपको सामने डाल देता हूं देखिए अब सबमिट में क्लिक करता हूं तो दोस्तों ये है आरोग्य सेतु का मेन फ्रंट पेज इसमें आप कैसे क्या करना है इसमें सब लिखा है हिंदी में जो लैंग्वेज आप जानते हैं इसी लैंग्वेज के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं इसमें जो है मेन एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें शेयरिंग का दिया है ज़्यादा और इसमें और एक, एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिया है जो हेल्थ मिनिस्ट्री से अपडेट आता है वो तुरंत यहाँ पर शो करने लगता है तो जब भी ऑपडेट आएगा तुरंत शो करेगा यहाँ पर तो इसमें आगे बढ़ते हैं और एक तो देखिए आगे मैं दिखाता हूँ कोविड नाइन्टीन सहायता केंद्र इसमें आप जाकर किसी भी स्टेट के हिसाब से आप कॉल कर सकते हैं ये टोल फ्री नंबर किसी को सिम्टम दिखा दे रहा है कि आपका परिवार में किसी को भगवान करना ना हुआ होगा लेकिन किसी को हुआ है तो आप कॉल करके इसमें पता कर सकते हैं इसमें और एक तो ऑप्शन दिया है सेल्फ असमेंट टेस्ट इसमें आप खुद भी खुद का या फिर किसी पड़ोसी का कि, किसी का घर परिवार का चेक कर सकते हैं तो इसमें आप जैसे इसका फॉलो करते जाएंगे वो आपको क्वेश्चन वेरीफाई करते जाएगा और आपको ये आंसर देते जाएगा उसके हिसाब से एल्गोरिथम है उसके हिसाब से ये प्रोसीजर में करते जाएगा तो ये फीचर्स भी बहुत बढ़िया फ़ीचर्स दिया है इसमें और इसमें देखिए कोविड नाइन्टीन के बारे में जानकारी क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें सब डाटा मिल जाएगा आप देखते रहिए थोड़ा यहाँ पर नेट स्लो है उसीलिए ठीक से नहीं चल रहा है खुलने दिए देखिए ये नोबेल कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन खुद खुद रहें सुरक्षित दूसरों को रखें सुरक्षित क्या करें और क्या ना करें इसमें सब दिया है ये पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है पीडीएफ फ़ाइल आप मोबाइल में डाउनलोड करके इसको बढ़ा करके जूम करके पूरा पढ़ सकते हैं तो और फीचर्स इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें तो ये हो गया कोविड नाइन्टीन के बारे में जानकारी कोविड नाइन्टीन क्या करें और क्या ना करें इसमें भी दिया है देखिए ये पोस्टर है पोस्टर निकल रहा है यही भी पीडीएफ फाइल में है इसको डाउनलोड करके आप शेयर भी कर सकते हैं किसी को बता भी सकते हैं आप खुद भी पढ़ के इसके नियम का पालन कर सकते हैं तो देखिए इसमें जो भी दिया है पूरा लेटेस्ट अपडेट रहता है हमेशा अपडेट रहता है ये और कोविड नाइन्टीन से सुरक्षा के उपाय इसमें देखते हो देखिए नोवल कोरोना वायरस ये इंग्लिश में लिखा है सब चीज़ें आप पढ़ के खुद यूज कर सकते हैं देख सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं ये तो ब्लूटूथ और जीपीएस से ऑटोमेटिक ट्रेस कर लेगा आप जिस एरिया में जाएंगे या आप, आपके पास कोई कोरोना मरीज होगा तो ये आपको मोबाइल से मैसेज में अलर्ट देता रहेगा आप भी ट्रेकिंग कर सकते हैं उसको कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक दीजिए और ये जितना ज़्यादा हो सके उतने लोग तक शेयर कीजिए जय हिंद जय जै भारत